नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैग बाई के में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेली ERP 9 के अंदर हम स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं दो। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करके बताए वीडियो कैसे लगी दोस्तों दोस्तों सबसे तो पहले हम अपने टेली सॉफ्टर ओपन कर लेते हैं कुछ इस टाइप का इंटरवेस आपको टेली का देखने को मिलता है ठीक है दोस्तों उसके बाद दोस्तों स्टार्टअप इंटरवेस आपको मिल जाता है आपको अगर अगर एक, आपका एक्टिवेट लाइसेंस है तो आप ये दबा सकते हैं वरना आप अल्ट के साथ डब्लू दबाकर कर वर्क इन एजुकेशन मोड में जा सकते हैं ठीक है दोस्तों मैं एजुकेशन मोड में आ चुका हूँ आपको अब आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है या फिर अपनी कंपनी क्रिएट करनी है ठीक है उसके बाद दोस्तों वो तो आप कर सकते हैं ठीक है ठीके? हम डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर स्टॉक ग्रुप हम कैसे बना सकते हैं ठीक है दोस्तों स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए दोस्तों हमको करना क्या है हमको दूसरे वाले ऑप्शन में आ जाना है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन अकाउंट इन्फॉर्मेशन के नीचे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर हमको आ जाना है दोस्तों ठीक है नीचे आके हम एंटर दबा देते हैं उसके बाद दोस्तों कुछ इस की विंडो आपको शो होगी आपको सिंपली करना है क्या है हमको स्टॉक ग्रुप बनाने तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है स्टॉक ग्रुप आपको यहाँ पर एंटर करना है ठीक है दोस्तों हम एंटर करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको कुछ कुछ का एंटर होगा और कुछ तो आपको ऑप्शन छोड़ेंगे क्रिएट डिस्प्ले एल्टर ठीक है क्रिएट से हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं ठीक है डिस्प्ले से हम उस स्टॉक ग्रुप को हम देख सकते हैं जो हमने बनाया है एल्टर से दोस्तों हम देख भी सकते हैं दूसरा हम उसको चेंजिंग भी कर सकते हैं उसमें हमने जो ग्रुप बनाया है इस स्टोक ग्रुप में बनाया है अगर उसमें आपकी कोई भी गलती हो जाती है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अब हमको सिर्फ क्रिएट करना है तो हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं मतलब एंटर करते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर की साइड कुछ इस टाइप का आपको इंटरवेंस शो होगा आपको यहाँ पर नेम डालना है जो आपका ग्रुप का नाम है जैसे मान लीजिए मेरे ग्रुप का नाम है शॉप ठीक है शॉप को शॉप होगी ठीक है हमारे ग्रुप का नाम रख लेते हैं राइस मतलब चावल राइट हो गया ठीक है हमें एंटर करना है उसके बाद एंटर करना है फिर एंटर करना है फिर एंटर करना एक यहाँ से हम शोफ का ग्रुप बना देते हैं ठीक है एंटर करना है एंटर करना है एंटर करना है कर एंटर कर शोक तो मतलब करना है दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है जैसे मैंने अभी शोक का ग्रुप बनाया था ठीक है राइट का ग्रुप बनाया था ठीक है अब हम ग्रुप बना देते हैं बिक शॉर्ट में लिखता लिखते हुए आपको ध्यान के रखना है आपको जो यहाँ पर अंडर अंडर लेना है ना वो आपको अंडर सिर्फ प्राइमरी लेना है ठीक है आपको और कुछ इसमें छेड़वानी नहीं करनी है तीसरा वाला ऑप्शन अंडर वाला आपको सिर्फ यहाँ पर प्राइमरी ही रहने देना है ठीक है यहाँ से आप कुछ भी ऑप्शन चूज नहीं करना सिर्फ प्राइमरी रहने देना है ठीक है ये हमारा ग्रुप ये भी बन चुका है एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों अब हम इसको देखते हैं कि हमारे ग्रुप क्रिएट हुए हैं या नहीं ठीक है हमें ई के से बाहर आ जाना है और इस्टो ग्रुप वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इधर के साइड आपको दोस्तों यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है नीचे आ जाना है डिस्प्ले वाले ऑप्शन में नीचे कर देता मैं और एंट्री की प्रेस करनी है दोस्तों से आप देख सकते हैं आपको चार ग्रुप शो हो रहे हैं एक बिस्किट का एक दाल का एक राइस का एक सोफ का दाल का ग्रुप आपको इसमें बना दिया था ठीक है और हमने तीन ग्रुप अभी बनाए थे राइस का और सोफ का और बिस्किट का ठीक है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि दोस्तों में इसी टाइप की वीडियो लाता रहता हूँ तो दोस्तों आपको हेल्पफुल रही होगी वीडियो में आशा करता हूँ तो दोस्तों चल दो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय टेक केयर